फ्रेंड्स मैं हूं विजय कुमार मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रीपासी का एग्जाम किस तरीके से देते हैं और किस तरीके से पेपर आता है उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे चलते हैं डैशबोर्ड पर तो फ्रेंड हम आ गए यहां पर और यहां पे आपको मिलेगा इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा और ये पहले का क्वेश्चन जो है उसका तीसरा आंसर है और ये हमारे जो टीचर है वो थोड़ा सा बताएगी आपको चला दिया क्वेश्चन नंबर एक डीवीडी उदाहरण है आंसर ऑप्टिकल डिवाइस का क्वेश्चन नंबर टू एक विशिष्ट बत्तीस बिट कंप्यूटर में संख्या होती है आंसर बाइनरी क्वेश्चन नंबर थ्री बैंक मित्र कौन होते हैं आंसर बैंक के कर्मचारी जो ग्राहक के लिए कार्य करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर राउंड पंद्रह पॉइंट वन एक सेल में इंटर किया गया है परिणाम देगा आंसर क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में में से किस में एक कैन नोड है जिससे सभी अन्य जुड़े हुए हैं आंसर स्टार टोपोलॉजी क्वेश्चन नंबर सिक्स एक क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा उपलब्ध एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है आंसर वेब ब्राउजर क्वेश्चन नंबर सेवन लिब्रे ऑफिस लाइन को मेनू में एक्सेस किया जा स्पेडीट क्वेश्चन मल्टी प्रोसेसिंग क्वेश्चन नंबर नाइन आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है आंसर यू आई द्वारा क्वेश्चन नंबर टेन मोड थ्री पॉइंट एक सेल से से में इंटर किया गया प्रदर्शित करेगा आंसर आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर का अर्थ है तत्काल भुगतान सेवा द्वारा परंपरित एनपीसीआई एक नई खाली फ़ाइल क्रिएट करने के लिए आप आंसर ए तथा बी दोनों क्वेश्चन नंबर थर्टीन लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट डिफोल्टिस पेज ओटेशन होता है आंसर पोटेट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के अंतर्गत कौन लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर उसके निर्माण समय रिकॉर्ड किया गया है उसे किसी यूजर द्वारा बदला जा या मिटाया जा सकता है कहलाएगा रीड ओनली मेमोरी क्वेश्चन नंबर एटीन निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को मजबूत और प्रशिक्षित करता है आंसर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कस्टम एनिमेशन टोस्ट पैन में slide show button slide show को प्र, प्रारंभ करता है Answer selected slide से क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर नंबर का अर्थ है Answer, है आंसर आंसर फाइल सेकेंडरी मेमोरी मेमोरी की की तुलना में कंप्यूटर प्राइमरी तेज साइबर के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है आंसर बारह मार्च क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेल ट्रांसफर के लिए किया जा सकता है किसका अर्थ है आंसर सुरक्षित क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ईमेल एड्रेस में सिंपल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के के डोमेन नेम अलग करती है। आंसर क्वेश्चन नंबर एट। एक अतिरिक्त कमांड का सेट जो मुख्य मेन्यू से चयन करने क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है आंसर भारतीय रिजर्व बैंक क्वेश्चन नंबर थर्टी अधिकतम मात्रा में डेटा को संग्रहित कर सकता है आंसर हार्ड डिस्क क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर नंबर 31 पर्सनल कंप्यूटर का प्रारंभ किया गया है है आंसर आंसर आईबीएम द्वारा 32 3 into bracket inch floppy किस प्रकार की डिवाइस स्टोरेज 33 आप एक को छोड़कर सभी का उपयोग करके इम्प्रेस रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकते हैं आंसर फाइल न्यू क्वेश्चन नंबर 34 फोर निम्न से कौन सा नेटवर्क डिवाइस जो ट को अपने अंतिम डिस्ट्रक्शन की तरह निर्देशित करता है आंसर राउटर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट होल्ड करता है के है के आउटलाइन में दिखेगा आंसर।, आंसर प्लेस होल्डर क्वेश्चन नंबर थर्टी निम्नलिखित में कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है आंसर यूनिट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन कैल्प राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं स्टेटस बार क्वेश्चन नंबर का अर्थ है आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा सिस्टम क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन कैल्प में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है आंसर चार्ट विज़ाई से क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेकेंड स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा को स्टोर कर सकता लेकिन उस पर नहीं कर सकता आंसर में कोई नहीं क्वेश्चन नंबर कंप्यूटर के संयोजन के अपने मित्र में तुरंत एवं समय वार्तालाप करने के लिए प्रयोग करना चाहिए आंसर स्टेंटिस क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री निवलिंग में कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने के लिए होता है आंसर क्वेश्चन नंबर में में किस मेमोरी को एसेस करने सबसे कम समय लगता प्रयोग करते हैं टर्मिनल क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स फंक्शन के लिए कैल्कुलजिकल फंक्शन के साथ फॉर्मूला टक्का तो फॉल्स का, का परिणाम देता है आंसर इफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने एवं गणनाएं करने के लिए नंबर प्रणाली का प्रयोग करता है आंसर की लाइन शुरुआत करने के लिए गैस का उपयोग किया जाता है आंसर होम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पार्ट नंबर पार्ट विवरण और नंबर ऑफ पार्ट के कर्म उदाहरण है आंसर इनपुट हम जैसे आपको बताया है कि मैडम ने कितना अच्छा तरीके से समझाया कि त्रिपाठी का एग्जाम और तो किस तरीके से पेपर आता है किस तरीके से उसे याद करना है और किस तरीके से उसको बताना है इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं तो धन्यवाद वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें चलते हैं अगली वीडियो में इक्यावन से आगे नंबर लेके आएंगे क्वेश्चनों को लेकर आएंगे और सो तक उसको पूरा करेंगे तो चलते हैं फ्रेंड बाय बाय